और हिंदुस्तान की सवा अरब आबादी को यह बताना चाहता हूँ इंडिया के लिए नहीं बनाए गए हैं हिंदुस्तान के मीडिया हिंदुस्तान के लोगों हिंदुस्तान के शहरी डरो पाकिस्तान से डरो पाकिस्तान से डरो वकत से नहीं पाकिस्तान के आटमी हथियार हरकत में आएंगे जब पाकिस्तान के मिजाइल हरकत में आएंगे कंट्रोल Oh <laughs> no no no no! Oh! <laughs> oh! Well done. तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए.